महाभारती को वंदन आप सभी को अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे आज राशि का कैरियर राशिफल 2020 आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों धनु राशि के हैं तो आपको अपने कैरियर की चिंता जरूर होगी कि 2020 में आखिर में कैरियर के मामले में क्या कुछ लेकर के ये साल आया है तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ करियर को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग क्या है इसको भी आज हम बताएंगे तो अंत तक बने रहेगा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोग स्किप मत करिएगा नहीं तो कोई उपाय इत्यादि आपसे छूट जाएंगे तो आपको फिर से देखना पड़ेगा तो आपका डबल समय लगेगा तो चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन वार्षिक राशिफल भी हमने धनु राशि का अपने चैनल पर डाल दिया अंक ज्योतिष के अनुसार भी हमने राशिफल अपने चैनल पर डाल दिया तमाम भविष्यवाड़ियाँ जो हमने की थी सत्य हुई हैं वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी है आप लोग जा करके देख सकते हैं भागीरथ श्रृंखला भी हमारे चैनल पर है ग्रहों का गोचर व राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन हुआ है और हमारे इस चैनल पर पढ़ा हुआ आप लोग जाइए देखिए और उससे लाभ लीजिए तो चलिए दर्शकों कैरियर राशिफल दो के अनुसार धनु राशि के जात को के स्वामी बुद्ध जो कि इस वर्ष की कुंडली में बुधाधित योग बनाए हुए हैं तो इसका आपके कार्य में बहुत अच्छा असर पड़ेगा कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं साथ ही साथ व्यापार जग, जगत में भी आप लोग उपलब्धियां हासिल करना जो है कर रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में देखिए हंस महापुरुष नामक योग जुपिटर ने पहले ही बना दिया है तो सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग भी आपको बन रहे हैं गुरु का स्वराशि में होना आपके लिए काफी कुछ चीजें सकारात्मक लेकर के आया है चूंकि हंस महापुरुष जब योग बन जाता है तो आपके अंदर देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं जिसके चलते आपके कार्यक्षेत्र पर आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं द दर्शकों देखिए कहा जाता है कि जब लग्न में या राशि में बृहस्पति स्वाग्रही हो जाता है तो बोलते हैं कि जो यहाँ की हानि करता है जुपिटर हानि करता है जहाँ पर बैठता है लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं अपने घर में बैठा बृहस्पति अपने घर की हानि नहीं करता है जीव क्षेत्र यदा शनि शनि क्षेत्र यदा जीवा स्थान वृद्धि करो शनि स्थान हानि करो जीवा तो जीव अर्थात गुरु जब भी शनि के घर में जाएगा तो स्थान हानि करेगा अपने घर में नहीं करेगा तो ये चीज को आप लोगों को जानना बहुत देखिए जरूरी रहेगा इस साल आपको नई सरकारी नौकरी इत्यादि प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है और आपके सामने जो चुनौतियाँ आएंगी उनसे आप लोग पार पा लेंगे आप के अंदर एक आदत है कि आप लोग अपनी कमियों को छुपा लेते हैं तो अपनी कमियों को आप लोग छुपाएं नहीं आपके अंदर जो कमी है इसको दूर करें दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड स्टेशनरी से रिलेटेड बुक्स इत्यादि से रिलेटेड उनके लिए आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे दो बहुत ही अच्छा संकेत कर रहा है दो सफलता की पूरी उम्मीदें आप लोग लगा सकते हैं धनुराश के जात इस साल आपको विदेश में किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है आप विदेश जाकर के एजुकेशन से रिलेटेड भी किसी बड़े पोस्ट पर जो है आप लोग हाथ आजमा सकते हैं वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है बीते साल की अपेक्षा यह साल आपके लिए अधिक फलदाई रहेगा इस वर्ष आपकी आय में भी वृद्धि के योग होंगे आपको प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना इस साल है इससे इनकार तो किया ही नहीं जा सकता है साथ ही साथ कर्म भाव के स्वामी ग्रह बुद्ध केंद्र में गुरु केतु सूर्य शनि के साथ विराजमान है इसके प्रभाव से कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए अवसर मिलेंगे विशेषकर उन जातकों को जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए तो एक चीज़ ये हो जाएगी कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कैरियर में आपके वृद्धि होगी आपका प्रमोशन माह के जो है क्या कहते हैं मार्च माह के अंतिम दिनों में होगा ही होगा कर्म क्षेत्र पर चूंकि नौन दृष्टि पड़ रही है तो कैरियर के मामलों में चार चांद लगाएगा 11 मई को देखिए दर्शकों शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो इनके वक्री होने पर धन व बल की हानि होगी जिसका असर आपके आत्मबल पर पड़ेगा इसी के कारण आप अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जिससे आपके काम में जो है दबाव आएगा और अनुचित निर्णय आप लोग ले सकते हैं तो यहाँ पर पेशेंस रखिएगा संयम रखिएगा अगेन चौदह मई को गुरु मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे जिसके बाद आपके अपने आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा और यहाँ पर देखिए आपको बता दें जब गुरु मकर राशि में चले जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं कर्क राशि में हो चुके होते हैं मकर में नीचे के होते हैं नीचे भंग राजयोग बनाएंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार देखेंगे मानसिक संतुष्टि आपको मिलेगी और तनाव से बाहर निकलेंगे धनुराश के जात को चारों तरफ से हर कार्य में आपको सफलताएं मिलनी शुरू होगी जून माह के अंत में गुरु वक्री अवस्था में आपकी राशि में आ जाएंगे जिससे पिछले समय से जो अटके कार्य हैं इनको पूरा करने के लिए थोड़ा और समय लग सकता है अगेन 13 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे जिसके बाद भविष्य की योजनाएं बनाने में आप व्यस्त रहेंगे राहु भी सितंबर के तीसरे सप्ताह में और केतु आपकी राशि से छठे स्थान पर विचरण करेंगे राहू का वृषभ राशि यानी कि रोग ऋण के स्थान में आना आपके लिए रोग व शत्रुता की उत्पत्ति का कारक कर सकता है किसी गंभीर बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है छठा स्थान कंपटीशन का भी होता है तो इसलिए प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां भी आपके लिए बढ़ेंगी कार्यस्थल पर आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है शनि सितंबर के आखिरी दिनों में मार्गी होंगे मार्गी होने पर राहत देंगे धनुराश के जात को और परिस्थितियाँ आपके लिए फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी अचानक से आपको करियर में लाभ की संभावना बनती हुई दिखाई पड़ेंगी अगेन बीस नवंबर को देवगुरु बृहस्पति दोबारा मकर राशि में आ जाएंगे जिसके कारण नीचभंग राजयोग का यहाँ पर निर्माण होगा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको अधिक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कुल मिलाकर के यदि हम बात करें वन वर्ल्ड में कंक्लूज करें तो ये साल आपके करियर के लिए सामान्य से कुछ बेहतर रहने की उम्मीद रहेगी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी कुछ चीज़ें आपके हाथ से जाएंगी तो ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा इस साल को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना है तो उपाय नंबर एक सबसे पहले देखिए उपाय होता क्यों है जैसे आपके शरीर में जब व्याधि आती है बीमारी आती है आप क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार होता है वो दवा देते हैं सही हो जा इसी तरह आपका भाग्य है अब आप कुछ कर्म नहीं करेंगे तो कहां से आपको फल की प्राप्ति होगी तो कर्मवादी बनिए देखिए दर्शकों यथेष्ट फल की प्राप्ति तभी संभव है जब आप कर्म करेंगे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की प्रेरणा दी है कर्मरेवा दिखा रसते माँ तो जब आप कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य आपके साथ रहेगा अब आपने सोचा होगा कि अरे पंडित जी ये सब बता दी ये सब चीज़ होगी होगी तो ऐसा नहीं है इनको कम भी किया जा सकता है जो होना है वो तो हो करके रहेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा लेकिन इस प्रभाव को कुछ हद तक कि कम किया जा सकता है तो 2020 में ऐसे कौन से दिव्यतम से दिव्यतम उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं देखिए एक सीधी सी बात बता दें खुल करके बता रहे हैं धनु राशि करोड़ों लोगों की है तो ऐसा नहीं कि ये जो है आपके ऊपर जो है बिल्कुल सटीक बैठेगा इसके लिए आपकी वास्तविक कुंडली का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कुंडली देख के ही सब कुछ पता चलेगा कि वास्तविक जीवन में आपके जो है क्या चल रहा है आपके कर्म स्थान के स्वामी क्या हैं कर्मस्थान पर कोई ग्रहण इत्यादि योग तो नहीं बना हुआ है या पापकत्री दोस्त तो या केमतुम दोस्त नहीं है महादशा किस ग्रह की चल रही है अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है योगनी दशा क्या चल रही है सब डिविजनल चार्टिस क्या कहते हैं डी नाइन चार्ट आपके क्या कहते हैं तो ये सब आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा और आप अपनी कुंडली को स्क्रीन के दिए गए नंबर पर संपर्क करके दिखा सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों यदि और किसी से भी दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं लेकिन अपनी कुंडली का आप लोग विश्लेषण जरूर करवाइए साल में दो से तीन बार तो विश्लेषण ज़रूर करवाना चाहिए उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आपको बृहस्पतिवार वाले दिन एक हल्दी की गाठ लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और केसर लेना है कुछ पत्ती और कोशिश कीजिएगा शुक्ल पक्ष का प्रथम ये बृहस्पतिवार हो उसको अपने पास हर समय आपको रखना है दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा महीने में दो बार शुक्रवार वाले दिन आपको शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करना होगा नित्य आपको केसर का तिलक मस्तक डिब्भा नाभी पर लगाना होगा रविवार वाले दिन नमक को एवॉइड कर दीजिए नमक का सेवन आपको नहीं करना है और सूर्य देव के समक्ष बैठकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और शनिवार वाले दिन चूँकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है तो शनिवार वाले दिन चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके आपको हनुमान जी को लेप लगाना है और सुंदरकांड का पाठ करना नित्यांत आवश्यक है परम आवश्यक है तभी जा करके आप जो है कुछ कर पाएंगे तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं नए हैं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेल आइकन दबाइए हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आपको मिलती रहे तो बेल आइकन का दबाना बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ दर्शकों इस वीडियो को आप लोग अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप लोग जरूर लिखिए कमेंट जो है जो ये कमेंट बॉक्स है हमारा इसमें जय श्री राम की धारा नित्यांत ऐसे बहती रहनी चाहिए सभी दर्शकों से अपील है कि दो अक्षर का राज जो है नाम है राम और यही आपको भवसागर से पार भी लगाएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम जय हिंद वंदे मातृ